ये करीब करीब 10 बिल्डिंग आग में चली गई एक साथ 10 बिल्डिंग एक साथ आग लग गई और ये आग जिसकी बिल्डिंग में लगी उसका नाम इस दुनिया में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया कुछ समय के बाद और उस व्यक्ति का नाम था थॉमस अल्बर एंडिसन थॉमस एडिसन वो व्यक्ति है जिन्होंने बल्ब का विष्कार किया लोग वजह से हम रोशनी में बैठ गए टाइम ये एक्सपेरिमेंट दरवाजा खाया थॉमस चलाया और थॉमस चलाते चलाते थॉमस बाहर आए थॉमस जब बाहर आए तो लोगों ने बोला थॉमस तुम्हारी प्रयोगशाला जो दस बिल्डिंग में फैली हुई थी उसमें आग लगी थॉमस का लड़का चौबीस साल का चार्ल्स उनके साथ रहता था बिल्कुल दोनों बाहर आ गए और दोनों करते उसने अपने सामने, अपने सपनों को जलते हुए क्योंकि उसने उसकी जिंदगी सारी की सारी कमाई सारी की सारी मेहनत लगी हुई थॉमस अपने बेटे का चार्ल्स का हाथ पकड़ के उस बिल्डिंग को गौर से देखते रहे और चार्ल्स को थॉमस ने कहा अपनी माँ को बुला के ला चार थॉमस ने कहा अपनी माँ को बुला के ला चार्ल्स ने बोला माँ क्या करेगी थॉमस का जवाब सुनिए रॉन्ग कहता है चार्ल्स सब के को तो देखने में तो देख आग कितनी शानदार तो चार्ल्स ने बोला पापा हमारा सब जल गया हमारी सारी मेहनत जल गई बाप का जवाब सुनो और गलतियां और गलतियां शाम को न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर थॉमस एडिसन का इंटरव्यू कर रहा है आपको कैसा लगा तो बोला हाँ मैं 67 इयर्स का हो गया हूं। आज। मेरी उम्र 77, 77 साल है। थक बूढ़ा। लेकिन एक बात मैं तुझे ईमानदारी से तो से से बताना चाहता बोला यस सर, कल कल फिर से फिर शुरू शुरू इवेंट में कोई और होता तो उसका रिस्पॉन्स कुछ और हो सकता था। था। था। था। था। था। था। इसी इवेंट पे कोई और होता तो उसका रिस्पांस कुछ और होता तो आउटकम कुछ और आता लेकिन इसी इवेंट पे थॉमस एडिसन का रिस्पांस कुछ और था और आउटकम outcome...